जिंदगी है छोटी हर पल में खुश काम से खुश हूँ आराम से खुश हो आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हो आज गाड़ी नहीं पैदल में ही खुश हो आज कोई नाराज है उसकी इस अंदाजे से ही खुश हो जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज़ों से ही खुश हो जिसको पा नहीं सकता उसको सोच कर ही खुश हूँ बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी यादों में ही खुश हूँ आने वाला कल का पता नहीं इंतजार में ही खुश हूँ हँसता हुआ बीत रहा है पल आज में ही खुश हूँ जिंदगी है छोटी हर पल में ही खुश हूँ अगर दिल को छुआ तो जवाब जरूर देना वरना बिना जवाब के ही खुश हूँ यस अपने लाइफ में हैप्पी है तो एक लाइक तो बनता है